कडवा सच बताऊं जब लाए है। आज आप लोगों को, को 300 का सिर्फ और सिर्फ बारह रुपये में दिला तो दोस्तों आप लोग कैसे खरीद सकते हो गया? या इयरफोन या जाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें वरना एक स्टेप अगर आप मिस करेंगे तो आप लोग यह नहीं खरीद सकते तो आप लोग बाद में कमेंट करेंगे कि नहीं मिलता है तो दोस्तों हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों यह न्यूट ऑफर फ्लिपकार्ट की ओर से आ रहा है पर आप लोग कैसे खरीद सकते हैं यह जानने के लिए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर दोस्तों आ गए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आप लोग चाहे तो फ्लिपकार्ट ऐप ओपन आप कर सकते हो या तो डायरेक्ट हम क्रोम से ओपन करते हैं क्रोम से ओपन करने के लिए आप लोग क्रोम ब्राउज़र पर जाएंगे और फ्लिपकार्ट में जाएंगे दोस्तों यहाँ पर फ्लिपकार्ट ऐप ओपन हो रहा है आप लोग कुछ देर वेट करते हैं आप लोगों को फ्लिपकार्ट इस तरह से ओपन होने देना है उसके बाद आप लोग यहाँ आप लो पर थ्री डॉट पर क्लिक करोगे आप लोग जैसे थ्री डॉट पर क्लिक करोगे आप लोगों को सुपर कोइन जोन देखने को मिलेगा आप लोग सुपर क्वाइन जोन पर क्लिक करोगे और कुछ देर वेट करना है दोस्तों लोडिंग होने देना है उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास आठ कॉइन है दोस्तों किस आप लोग अगर पहली बार कार्ड यूज करें तो आप लोगों को नहीं मिलेगा लेकिन जो एक दो बार शॉप कर चुके हैं वो जरूर यहाँ से खरीद सकते हैं दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक रुपया से भी खरीद सकते हैं और चलिए कैसे खरीद सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बारह रुपये हेडफोन इसे जाने के लिए हम थोड़ा ऊपर चलते हैं आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्रॉम एक कोइन से खरीद सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर सॉरी दोस्तों यहाँ पर सत्तर रुपया हो चुका है तो कोई बात नहीं दोस्तों आप लोग यहाँ क्वाइन नाव पर क्लिक करेंगे और कुछ देर वेट करेंगे दोस्तों आप लोग यहाँ पेमेंट किसी से भी कर सकते हैं और अभी हम तो ख़रीदते नहीं हैं तो चलिए तो बहुत चलते हैं तो यहीं से आप लोग खरीद सकते हैं दोस्तों एक ईयरफोन वायरलेस ईयरफोन ख़रीद सकते हैं और बहुत सारा ऑफर दिया गया है दोस्तों आप लोग चाहे तो और कुछ भी खरीद सकते हैं सुपर कॉइन से तो दोस्तों हम यहाँ पर फिलहाल अभी तो नहीं ख़रीदने वाले हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद हम यहाँ पर एक ईयरफोन ज़रूर खरीदेंगे दोस्तों तो इस वीडियो में इतना ही था मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद बाय बाय टाटा गुड बाय